अल्लाम दोस्तों आज हम जानेंगे हज़रत इदरीम के बारे में हज़रत इदरी हज़रत आदमी अल्लाम के बाद सी सल्लम नबी बने और सी सल अल्लाम के बाद इदरी नबी बने यानी इस दुनिया में तीसरे नंबर की नबी जिनका नाम हज़रत इदरी था तो आइए हम जानते हैं तफसल से इनकी हिस्ट्री दिलचस्प बातें जो एकदम बिल्कुल सच है और कुरान शरीफ़ में इनका बयान भी आया हुआ है और इस क़दर इनका स्टोरी है कि किज़रत इधर सलाम बाबुल में पैदा हुए और इधर सही अल्लाम हज़रत आदमी सलाम की पांचवी पूछते हज़रत सलाम की पूरी ज़िंदगी लोगों को नसीहत करने और सही रास्ता दिखाने में शर्फ हुई वो लोगों को गुनाह से दूर और अल्लाह के करीब कर दिया करते थे एक अल्लाह के नबी की ज़िंदगी का मकसद यही होता है वो अपनी पूरी ज़िंदगी लोगों की भलाई में गुजार दिया करते हैं एक वक्त आया जब हज़रत इदरीसलम और उनके सभी चाहने वाले बाबुल को छोड़कर मिस्र की तरफ चले गए हज़रत इदरीसलम और उनके चाहने वाले मिस्र में भी लोगों को तालीमत देना शुरू किया और लोगों को गुनाह छोड़कर सही रास्ते पर चलने की दावत दी लोगों को सच्चाई की तरफ बुलाते और अल्लाह के हुकम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की नसीहत करते लोगों को शतका और जकवात देने को कहते ताकि गरीबों और मस्किनों की मदद की जा सके हजरत इद्रम वो पहले शख्स हैं जिन्होंने लोगों को लिखना और पढ़ना सिखाया जब काबिल की औला सैतान के बहकावे में गुमराह हो गई और फफ्र और शिक्क में फंस गई यहाँ तक कि निकाह की रस्म अदा करने के बजाय हरामकारी और गंदगी में फंस गई तो अल्लाह ताला ने हजरत इद्राम को नबी बनाकर उनके पास भेजा हजरत इद्रम ने अपनी कौम को अल्लाह के दिन का पैगाम पहुँचाना शुरू किया बहुत से लोगों ने उनकी बात मान ली और इनका इनकार और कुफ्र का रास्ता छोड़कर हिदायत के रास्ते पर चल पड़े और नेकी और सच्चाई के पाबंद हो गए लेकिन जो लोग गुमराही और कुफ़्र के अंधेरे में भटकने को ही बेहतर समझते थे उनके दिलों पर हज़रत इदरी की नसीहत का कोई असर नहीं हुआ वो लोग उसी तरह गुमराहि में भटकते रहे हज़रत इदरीम लोगों से कहते हैं एक खुदा को मानो उसी की इबादत करो उसी के हुकम पर चलो उनकी शरीयत में जितने नमाज रोज़े मुकर थे लोगों ने उनका पाबंद बनने को कहते ज़क़ात देने को कहते अल्लाह की राह में खर्च करने को कहते लोगों को नसीहत करते पाक साफ रहने को कहते हक और इंसाफ पर चलने की हिदायत फरमाते हज़रत इदरीस इदरी ख़ुद इतनी इबादत करते थे कि हर दिन हज़ार से ज़्यादा बार तस्वीर पढ़ा करते थे उनके पास फरिश्ते आते जाते थे वो उनकी संगत में रहना पसंद करते थे उनके भले काम इतने थे कि उनकी बराबरी तमाम मखलूक की भलाइयाँ मिलकर भी नहीं कर सकती थी यह बात आसमान तक पहुँची फरिस्तों में काना खुशियाँ शुरू हो गई अल्लाह से इजाज़त लेकर हजरत इज़राइल सही सूरत जानने के लिए ज़मीन पर तशरीफ लाए हजरत इसराइल एक फहरिशे थे जो अल्लाह के काफ़ी करीब फरिश्ते हैं इंसान की शक्ल में हजरत इदरीसल के साथ में कई दिनों तक रहने लगे हज़रत इदरीम ने देखा कि ये आदमी ना खाता है ना पीता है ऐसा तो नहीं कि यह फरिश्ता हो जब हज़रत इदरी ने देखा कि यह तो इज़राइल मौत का फरिश्ता है तब हजरत इदरी ने फरमाया कि आप तो फरिश्त हैं आप यहाँ क्या कर रहे हैं तो हजरत इजराइल आल्लम ने फरमाया मैं अल्लाह के हकम से आपके अच्छे कामों को ये गवाही बनने के लिए आया हूँ जब यहरत की वफात का करीब वक्त करीब आया तो उन्होंने अपना जानसिन अपने बेटे खनक यानी इद्री सलाम को बनाया अल्लाह ताला ने आपको अपने ज़माने के तमाम इंसानों के लिए नबी बनाकर भेजा और सी सलाम के बाद आपको ही नबूत अदा फरमाई आप पर तीस शहीफ़े नाजिल हुए कुरान मस्जिद में सूर्य मरियम में अल्लाह तरसाद फरमाते हैं और याद करो इधरिस को बेशक वो शद्दीक और गैब की ख़बर देने वाले थे और हमने उन्हें बुलंद मकाम पर उठा लिया अल्लाह ताला ने आपको शद्दी के लकब से नवाजा और आपको सुल नबी के नाम से पुकारा आपका नसब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि सल्लाम से जाकर मिलता है आपकी पैदाइश हज़रत आदमी के ज़माने में ही हो गई थी आपने हज़रत आदम की ज़िंदगी के तीन साल देखें कलम से लिखने की शुरुआत आपने ही की इसके अलावा आपने इम रमल इजाद किया यह एक इल्म है जिससे ज़मीन पर लकीर खींचकर छिपी हुई बातों के बारे में मालूम किया जाता है इससे मतलक एक हदीस में है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि सल्लाम से जब इल्म रमल के बारे में पूछा गया तो आपने फरमाया कि यह एक पैगम्बर थे जो रेत पर खत खींचा करते थे बस जिसका ख़त इनके मुताबिक हो जाए उसे अच्छी चीज़ों का इल्म हो जाता है इसी की वजह से आपका लकब सा पड़ा जिसके मानी है इल्म नज़ूम यानी सितारों के इल्म का माहिर हज़रत इदरीस इधराम सितारों के इल्म के माहिर थे आपने ही सबसे पहले कपड़े को सीकर पहना इससे पहले जिस्म छुपाने के लिए जानवर की खाल और उनकी चादर जिसम छुपाने के लिए इस्तेमाल की जाती थी हज़रत इदरी के ज़माने में ही कपड़े और रेसों से धागे बनकर कपड़े बनने लगे और उससे जिसमों को छुपाया जाने लगा उससे पहले जानवर की खाल या ऊन की चादर से जिसम छुपाया करते थे सबसे पहले वाज और खिताब की शुरुआत भी आपके ही ज़माने में हुई जब हज़रत आदमी इस दुनिया से रुखत हुए तो आपने अपनी कॉम को जमा किया और उनके सामने वाज किया जिसमें आपने अल्लाह ताला की फरमा बरदारी और शैतान की नाफरमानी का हुक्म दिया और काबिल की औलाद से ना मिलने की नसीहत की इस तरह आपने बाकायदा वाज करने की बुनियाद डाली एक बार आपका दोस्त फरिश्ता आपके पास वही लेकर आया कि कुल औलाद आदम के बराबर आपके अमाल हैं आपने सोचा मैं इससे पढ़ नेक अमाल करूँ तो आपने फरिश्ते कहा कि मलकुल मौत से कहो कि वह मेरी रूह कब्ज़ करने में जल्दी ना करे ताकि मैं और नकमाल कर सकूँ इस फरिश्ते ने आपको परों पर बिठा कर चौथे आसमान पर पहुँचा दिया वहाँ पहुँचा तो मलकुल मौत को देखा फरिस्तों ने मलकुल मौत से उनकी सिफारिश की मलकुल मौत ने पूछा वह कहाँ है फरिस्तों ने जवाब दिया मेरे बाजू पर बैठे हुए हैं मलकुल मौत ने कहा सुबहानल्ला मुझे अभी हुक्म हुआ है कि हज़रत इदरी की रूह चौथे आसमान पर कब्ज़ करो मैं इस फिक्र में था कि वो ज़मीन पर हैं और ये कैसे मुमकिन है कि मैं उनकी रूह चौथे आसमान पर कब्ज़ करूँ लिहाजा आपकी रूह चौथे आसमान पर कब्ज़ कर ली गई अल्लाह के हुकम से इसीलिए अल्लाह ताल ने सूरा मरियम में अरसाद फरमाया कि हमने उन्हें बुलंद मुकाम पर उठा लिया कुछ क्राम का मानना है कि उनकी रूह कब्ज़ नहीं की गई है बल्कि वह जिंदा ही आसमान पर है लेकिन सही यही है कि उनकी चौथे आसमान पर रूह कब्ज़ की गई है हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के बाद उनके बेटे मतुश मतुष इनके जानसीन बने ये अपने बाप दादा के तरीके पर चले मतुष ने एक तो साल की उम्र में 135 साल की उम्र में अरबा बिंदे अजाज से शादी की जिनसे इनके बेटे लमत पैदा हुए लमत अल्हम्दुलिल्लाह हजरत इदरी का बाप बा मुकम्मल हुआ अम्ब्याय किराम के बारे में कुछ गलत रिवायत चली आ रही है हमारी कोशिश है कि सही मालूमात आप तक पहुंचाई जाए जो तारीख का हिस्सा आप तक पहुंचाया गया है उसमें यही एहतियात बरती गई है कि बाकी सब कुछ बेहतर जानने वाला अल्लाह है अगर कोई गलती हो गई हो तो अल्लाह रब्बुल रबुल्ज़त हमें माफ़ फरमाए आमीन हज़रत इदरीम के बारे में इंटरनेट और हिस्ट्री और बहुत सारी तारीख़ी किताबों में ज़्यादा तो कुछ नहीं फिर भी मैं इस वीडियो में दोस्तों आपको ज़्यादा से ज़्यादा मालूम और जानकारी देना चाह चाहूँगा उसकी कोशिश है कृपया बने रहें और पूरा सुने एक जमात का यह ख्याल है कि हज़रत इदरीम बाबुल में पैदा हुए और वही पले बढ़े उम्र के शुरुआती दिनों में उन्होंने हजरत सीस बिन आदम से इल्म हासिल किया बहरहाल जब इदरी ख़ुद से सोचने समझने की उम्र को पहुँचे तो अल्लाह ने उन्हें नबोवत से सरफराज फरमाया तब उन्होंने शरीरी और फसादियों के लिए राह हिदायत की तब्लीग शुरू की पर फसादियों ने उनकी एक बात ना सुनी और हजरत आदम व शीसम की सरियत के मुखालफ ही रहे अलबत्त एक छोटी सी जमात जरूर मुसलमान हो गई माशाल्लाह मुसलमानों की रजामंदी के बाद हजरत इद्रम और उनकी जमात मिस्र की तरफ हिजरत कर गई और नील के किनारे एक अच्छी जगह चुनकर सुकून वाली ज़िंदगी जीने लगे और इबादत वाली ज़िंदगी जीने लगे हजरत इदरीम और उनकी पैरवी करने वाली जमात ने पैगाम लाही और भलाई का हुक्म देने और बुराई से रोकने वाले को फ़र्जानजाम देना शुरू कर दिया कहा जाता है कि उनके ज़माने में बहत्तर ज़ुबानें बोली जाती थी और अल्लाह की अता व बख्शिश से वक्त की तमाम ज़ुबानों को जानते थे और हर एक जमात को उसकी ज़बान में तबलीग फरमाया करते थे एक रिवायत के अतबार से हज़रत इदरीस इदरी पहले आदमी हैं जिन्होंने कलम का इस्तेमाल किया उन्होंने अलग अलग जातों और गिरहों के लिए उनके मुनासिब हाल कयदे क़ानून मुकर किए और पूरी दुनिया को चार हिस्सों में बांटकर हर चौथाई के लिए एक हाकििम किया जो जमीन के उस हिस्से की सियासत और बादशाही का जिम्मेदार करार पाया और इन चारों के लिए जरूरी करार दिया कि तमाम कानूनों से बढ़ चढ़कर कर का वह कानून रहेगा जिसकी तालीम अल्लाह की हुआ कि वही के जरिए मैंने तुमको दी है अल्लाह की हस्ती और उसकी तोहद पर ईमान लाना सिर्फ कायन पैदा करने वाले की परस्स करना या आखिरत के आजाब से बचाने के लिए भले हमलों को ढाल बनाना दुनिया से बेनियाजी तमाम मामलों में अंदलवा इंसाफ को सामने रखना मुकर किए हुए तारीखों पर अल्लाह की इबादत करना आयामों बीस के रोजे रखना इस्लाम के दुश्मनों से जिहाद करना जक़ात अदा करना पाक साफ रहना खास तौर से जनाबत कुत्ते और सुअर से बचना हर नसीली चीज़ों से परहेज करना ये तमाम चीज़ें हजरत इदरीम की नसीहतें थीं हज़रत ने अपनी उम्मत को यह भी बताया कि मेरी तरह इस दुनिया की दीनी व दिनवाई असलाह के लिए बहुत से नबी तशरीफ़ लाएंगे और उनकी नुमायाँ खास बातें ये होंगी कि वो हर एक बुरी बात से दूर और पाक होंगे तारीफ के काबिल और फजाइल में कामिल होंगे ज़मीन व आसमान के हालात को और उन मामलों को जिनमें कायनत के लिए शिफा है या मरज वही इलाही के जरिए इस तरह जानते होंगे कि कोई मांगने वाला भूखा प्यासा ना रहेगा वे दुआओं को देने वाले होंगे उनके मजहब की दावत का खुलासा कायनात की असलाह होगा जब हजरत इदराम अल्लाह की ज़मीन के मालिक बना दिए गए तो उन्होंने इल्म व अमल के अतबार से अल्लाह की मखलूक को तीन तबकों में बांट दिया कहन बादशाह रियाज प्रजा और तरबीब तर, के अतबार से उनके दर्जे तय किए कहन का सबसे पहला और ऊंचा दर्जा करार पाया इसलिए कि वह अल्लाह ताला के सामने अपने नफ्स के अलावा बादशाह और रिवाय के मामलों में भी जवाब दे है बादशाह का दूसरा दर्जा रखा गया इसलिए कि वह नफ्स और राज्य के मामले में के बारे में जवाब दे है और आया सिर्फ़ अपने नफ्स के लिए जवाब दे है इसके लिए वह तीसरे तबके में शामिल है लेकिन ये तबके जिम्मेदारी के अतबार से थे नस्ल व खानदान के इख्तियारों के अतबार से नहीं हजरत इदरीम अल्लाह तक जाने तक शरीयत और सियासतों के इन्हीं कानूनों की तबलीग फरमाते रहें हजरत सलाम की बहुत सी नसीहतें और आदाब और अखलाक से जुमले मशहूर हैं, जो अलग अलग ज़ुबानों में कहावत की शक्ल में इस्तेमाल किए जाते हैं उनमें से कुछ नीचे मैं बता रहा हूँ अल्लाह की बेपनाह न्यामतों का शुक्रिया इंसानी ताकत से बाहर दुनिया की भलाई हसरत है और बुराई नदामत है अल्लाह की याद और अमले सहले के लिए खुल से नीयत शर्त है न झूठी कस्में खाओ और न किसी को खाने दो अपने बादशाहों की जो कि पैगंबर की तरफ से शरीयत के हुक्म के नाफिज करने के लिए मुकर किए जाते हैं इत करो और अपने बड़ों के सामने पस्त रहो और हर वक्त अल्लाह की तारीफ में अपनी ज़ुबान को तर रखो हमत रूह की ज़िंदगी है दूसरे की खुशी ऐसी पर हस, हसद ना करो इसलिए कि उनकी यह मंसूर जिंदगी कुछ दिनों की है कुछ तहकीक करने वालों तस्करों लिखने वालों ने हज़रत इदरीम और यूनानी फ़र्जी अफसानवी के हरमसम के, के मुताबिक पैदा करने की कोशिश की है जो सही नहीं है हरमज़ को उन फर्जी अफसानों में हमत व फ़साहत का देवता कहा जाता है रूमी उनका इतरात कहते हैं हज़रत इदरीम को इंग्लिश में इनोच यहूदी इनोच के नाम से जानते हैं और इसराइली यानी इनोच और क्रिश्चन भी इन्हें इनोच के नाम से जानते हैं और इन्हें इस्लाम में इन्हें हज़रत इदरीम के नाम नाम से जाना जाता है दोस्तों आपको ये कैसा लगा अगर अच्छा लगा तो आप बिल्कुल कमेंट्स करके बताइए कहीं कुछ भूल चूक हो तो उसे भी कमेंट्स करके लिखिए बताइए और इन बातों को लाइक कीजिए शेयर कीजिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और इतने देर तक नॉलेज नशन के साथ बने रहने के लिए बहुत दिल से शुक्रिया धन्यवाद थैंक यू मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक पर तब तक के लिए बने रहने के लिए अल्लाह हाफिज सलाम नमस्ते सत शिकाल